हाय फ्रेंड्स आज नंबर वन कुकिंग चैनल आप लोगों के लिए ले लेके आ रही है फूलगोभी और मछली की रेसिपी देखिए कितनी अमेजिंग और टेस्टी हो रही है ये खाने के लिए मैंने टेस्ट करके ही आप लोगों को बताया है और इस फूलगोभी और मसली की रेसिपी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है और कम खर्चे में ऐसी टेस्टी खाना कैसे बनते हैं हर छोटी छोटी टिप्स मैं यहाँ पे बताती जाऊँगी आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किया है इसी मेरे को बहुत अच्छा लगा है थैंक यू छो मच इसी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरे चैनल को ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ये सारा टिप्स जो है हर रेसिपी की कम खर्चे में क्या ऐसे क्या बनते हैं आप लोग मतलब सुन के और पूरी वीडियो देख के शौंक जाएँगे इसीलिए मेरी पूरी वीडियो स्किप किए बिना आप लोग देखते रहिए देखिए मैं सबसे पहले मसली फ्राई कर लूँगी मैंने हाई फ्राई करके रखा था मछली को ज़्यादा मछली नहीं लिया है मैं थोड़ी बहुत मछली पहले से ही बना कर रखा था और अभी मतलब फूलगोभी और मछली ये आप लोगों को बना के दिखाएंगे इसीलिए मैं रखी हूँ इस मछली को मैं मीडियम में फ्राई करेंगे मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा और ज़्यादा ढीला भी नहीं होगा तभी मछली का टेस्ट मतलब सब्जी में बाहर निकल के आएँगे इसी मैं ज़्यादा कड़क फ्राई नहीं करूँगी मेरे हिसाब से मैं जो मतलब मछली खाने के लिए टेस्टी होते हैं उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी आप लोग मेरी जो रेसिपी देखते हैं सभी रेसिपी में आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया है इसी मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मेरी हर रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल में विजिट कीजिए तभी आप लोगों को सभी रेसिपी मिल पाएंगे यहाँ आप लोगों ने देखा ही है मैंने क्या क्या दिया है यहाँ मैंने दिया था पाचपुरन और तेजपत्ता सूखा मिर्ची और आदा रस लहसुन कटा हुआ था वही दिया है प्याज एक साथ ही सब कुछ दिया था मैंने अभी देखिए मैंने सब्ज़ी यहाँ पे दे दिया है अभी तुरंत ही मैं यहाँ पे मसाला नहीं डालूँगी और इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे उसके बाद ही मैं यहाँ पे मछली देंगे जो भी यहाँ पे देना है वो मसाला हो या जो नमक हो हल्दी हो आपके हिसाब से दीजिए क्योंकि आप लोग शायद कुकिंग करते ही हैं मैं यहाँ पे सिर्फ दो आदमी के लिए बनाया है इसी मैंने थोड़ी कम ही यहाँ पे मसाला डाला करूँगी नमक भी मेरे हिसाब से डाला करूँगी अगर आप लोग ज़्यादा या मेरे से कम लोगों के लिए सब्जी बनाएंगे तो उसके हिसाब से ही आप लोग दीजिए नहीं तो आप लोगों की मेरे हिसाब से देने से ज़्यादा हो जाएंगे नहीं तो कम हो जाएंगे खाने में आप लोग को बहुत दिक्कत होंगे नमक को पहले कम ही देना चाहिए उसके बाद तेज करके नहीं हो तो हिसाब के थोड़ा और दे सके इस टाइप से आप लोग बनाइए रोज़ याद रखिए नमक एक साथ ही मत डालिए और सब्जी तो बनाना ऐसे बनाना मतलब आप लोगों को रोज़ बोलती हूँ मैं ऐसे जब बनाते हैं आप लोग कुछ फ्राई करके उसके बाद पानी डाल के बनाते हैं तब तो आप लोग गरम पानी दिया करें यहाँ पे मैं एक चामच लाल मिर्ची पाउडर और एक चामुच में घर में ही बनाया हुआ मतलब सभी चीजिए धनिया और गोटा धनिया पासफूरन सब कुछ मिला के सब मसाला बनाया था वही मसाला मैं डाल रही हूँ बाज़ार से लाया हुआ लाया हुआ ही है लेकिन घर पे मैं मिक्सी में दे गया अच्छी तरह मैंने बना लिया है और उसके बाद मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ वही मसाला यूज़ करती हूँ आप लोग भी ऐसे सब कुछ मिला के मतलब लौंग दालचीनी, इलायची मिला के और पासफूरन उसके साथ मिला के घर में मसाला बनाया करें क्योंकि मार्केट से जो मसाला आते हैं इतना अच्छा भी नहीं होता है उसका फ्लेवर भी डाला हुआ होता है हर मसाल में खुद मतलब कुछ ना कुछ फ्लेवर डालते ही है इसलिए घर में ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिए ये देखिए मैं मछली वो भी दे दिया है यहाँ पे और थोड़ी देर ऐसे ही मतलब पकेंगे उसके बाद में पानी दे दूँगी देखिए मैं तुरंत पानी दे ही दिया पानी अभी ज़्यादा नहीं दूँगी सब्जी और पानी बराबर करके ही दूँगी क्योंकि मैं जो बनाया था फिफ्टी परसेंट पका ही बनाया है पानी डाला है यहाँ पे और फिफ्टी परसेंट पकने के बाद ही आप लोग भी पानी डाला करें तभी मसली और जो ये सब्जी सभी का रस निकाल के यहाँ पर सबके साथ मिल जाएंगे और खाने में भी सब्जी बेहद टेस्टी होगी ऐसी ही छोटी छोटी रेस टिप्स जो होते हैं रेसिपी की हर छोटी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल में जाके पूरी वीडियो देखने के लिए कोशिश कीजिए और ये मैं बार बार बोल रही हूँ सोच रही है ये बार बार बोल रही है ऐसे पर कोई नहीं है लेकिन कुछ नहीं है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से मेरी हर रेसिपी जो है आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएंगे और मैं जो बनाती हूं हर रेसिपी में कम खर्च में इजी से घर पे बन सके इसी हिसाब से मैं बनाती हूं इसीलिए मैं बोल रही हूं और खाने में भी आप लोगों की टेस्टी आएगी और भी में जो दिया यहाँ पर वो एक सामोस मैंने घी दिया है यहाँ पे एक चामच घी दे फिर मैं थक्कन लगा दिया उसके बाद में यहाँ गैस ऑफ कर दूँगी देखिए मैं गैस ऑफ करके पड़ोस के आप लोगों को दिखाया है ये बहुत टेस्टी रेसिपी है आप लोग घर में बना के अभी फूलगभी की सीजन है तो इस सीज़न में ये आप लोग रेसिपी बना सकते हैं बेहद टेस्टी है और खाकर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मेरी तरफ़ से थैंक यू छो मच बिश में इसकी मत कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए कोशिश कीजिए